हेलो फ्रेंड हाय मिस्टर इंडिया चेंज इज लाइव चैनल में आपका स्वागत है आज आपको तीन ऐसे बात बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आप जिंदगी में कभी भी अपने आप पर शर्म नहीं करेंगे तो आप वह तीन विचार जानने के लिए इस वीडियो बने रहे वह तीन विचार इस प्रकार है पहला नंबर कभी भी आप अपने जीवन में गरीब होने का शर्मिंदा महसूस न करे क्यूँकी आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो इसमें आपका माता पिता का कोई गलती नहीं है और गरीब फैमिली में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है लेकिन अगर आप उसी फैमिली में गरीब बने रहते हैं या गरीब बन के मर जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा गुनागार आप होंगे अब आप बताइए कि आपका माता पिता का गलती है कि गरीब परिवार में जन्म दिया है या फिर जीवन में आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो गलती आपका होगा इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूसरा नंबर कभी भी अपने माँ बाप के बूढ़े होने का शर्म न करे क्यूँकी एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना ही है बस फर्क इतना है की आपका माता पिता आज के समय में बूढ़े हैं और आप आने वाले समय में बूढ़े होंगे तीसरा नंबर किसी भी व्यक्ति के फटे पुराने कपड़ों को देखकर मजाक ना उड़ाएं क्योंकि उसके पास जो व्यवस्था है वह अपने शरीर को तोप पर उतना ही में बहुत खुश है और आपके पास जो व्यवस्था है उतना में आप भी खुश नहीं है इसलिए हम लोगो को किसी का मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है और सबका हालात एक जैसा नहीं होता है इसलिए सबको एक समान एक जैसा समझे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकन दबाकर रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड थैंक यू वेस्ट अपलक